भोपाल के मुमताज स्टूडियो में यंग अचीवर सम्मान का आयोजन हुआ जिसमें मध्य प्रदेश की रहने वाली मिस ग्लोबल इंडिया मानसी चौरसिया और चैंपियन ऑफ चैंपियंस मड के विनर सऊद शहाब का सम्मान किया गया इस मौके पर कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर और मशहूर फैशन डिजाइनर मुमताज खान ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य मध्य प्रदेश की प्रतिभा को आगे बढ़ाना है मशहूर फैशन डिजाइनर मुमताज खान ने यंग अचीवर सम्मान का आयोजन किया आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर दखल न्यूज के मुख्य संपादक अनुराग उपाध्याय फेमस सिनेमेटोग्राफर ट्रॉय खान सीनियर सिंगर कीर्ति सूद मौजूद रही आयोजन में मध्य प्रदेश की शान मिस ग्लोबल इंडिया मानसी चौरसिया और चैंपियन ऑफ चैंपियंस मडरेली के विनर सऊद शहाब का सम्मान किया गया सम्मान समारोह मुमताज स्टूडियो में हुआ इस दौरान मिस ग्लोबल इंडिया मानसी चरसिया ने बताया कि उनको इस मुकाम तक पहुंचने में उनके परिवार का पूरा सहयोग मिला है हर कदम में उनका परिवार उनके साथ रहा है मानसी ने मुमताज खान का सम्मान के लिए आभार जताया मड रैली के विनर सऊद शहाब ने बताया कि ये केवल उनकी जीत नहीं है इसके पीछे उनकी पूरी टीम काम करती है कड़ी 2020 हूं, 2023. So, अभी तो मकसद सिर्फ वही है और इसके बीच में काफी ऑफर्स आ रहे हैं तो एल सी के क्या करना छोटे से शहर से निकल के आज बड़ी ऊँचाई तक पहुँचना बहुत डिफिकल्ट है क्यूँकी वहाँ के लोगों की सोच आज भी वही है की लड़की बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी उनको छोटे कपड़े नहीं पहनने बट वो सारे थाट्स ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपके साथ हो तो वो बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा से ही रहा है और उनने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और जब उनने मना किया है कि बेटा ये नहीं करना तो आई नो कि उनने क्यों मना किया है तो मैंने वहाँ थम भी गई हूँ कि ठीक है बट आज वो सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से आज मैं आ, बहुत प्राउड फील हुआ हूँ बहुत थैंकफुल हूँ मैं मुमताज़ सर की कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया थैंक यू सो मच मुमताज सर फॉर दिस और आई एम is really very proud for Gopal uh, and Madh Pradesh वो अच्छा लगता है बहुत मेहनत होती है हम लोगों की हमारे साथ वालों की मैकेनिक्स की डेंटर्स की पेंटर्स की इलेक्ट्रिशियंस की मतलब बहुत सारी बड़ी लंबी टीम होती है खाली आपको मैं फेस दिख रहा हूँ लेकिन मेरे पीछे बहुत बड़ा एक कार्रवा है जो मुझे आगे लाता है मतलब मैं ये बोल नहीं सकता कि मैं खुद जीता हूँ मेरे साथ एक टीम है जो मेरे साथ काम करती है एक घर वालों का सपोर्ट होना सब होना फिर वो दुआएँ सब विशेष चलती हैं जब जाके एक चैम्पियन बनता है ऐसे नहीं है कि आप आज सोच रहे हैं और आ गए और काफ़ी साल लगे मुझे में यहाँ पे 2016 में मैंने स्टार्ट करा था मड ड्रेस करना तो मुझे 7 से आठ साल लगे हैं इस मुकाम पे आने में ख़तरे का ऐसा है कि हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन हमारे पूरे रहते हैं हेलमेट्स होते हैं सेफ्टी हारनेट्स होते हैं ग्लव्स होते हैं शूज़ वगैरह में कंपलसरी होता है गाड़ी के अंदर भी रोल केज़ेस होते हैं पाइप अलग से सेफ्टी रोल केज़ेस लगे होते हैं वो सब हम लोगों का करने के बाद ही होता है हम लोगों की गाड़ी पलटती है ऐसा नहीं पलटती एक्सीडेंट्स है। होते हैं लेकिन कुछ स्क्रैच लगते हैं और हम आ जाते हैं वापस आर्थिक स्थिति ये स्पोर्ट्स सबसे महंगा स्पोर्ट्स माना जाता है से बहुत खर्चा होता है तो बस उसी के लिए फ़ाइट है हम लोगों की मेन फाइट वो है अगर उससे अगर अच्छा आपको मिलता है तो आप और अच्छा परफॉर्म करते हो क्योंकि आप मार्केट में देखते हो कि जितनी कॉस्टली चीज़ होती है उतनी बेटर होती है टायर्स से लेकर इंजन ऑयल से लेकर एक एक चीज़ तक तो बहुत सी जगह जाना होता है कि मतलब पैसों की ज़रूरत होती है पैसा मेन स्पोर्ट्स के अंदर तो कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं बिजनेस उस लेवल पर नहीं है बहुत डाउन है उसकी भी फाइट चल रही है उसे भी उठाना है और इधर रेलीज भी है। तो ये काफी टफ का हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस मौके पर फैशन डिजाइनर मुमताज खान ने कहा कि मध्य प्रदेश से उनको बड़ा लगाव रहा है और जब भी कोई भोपाल को या मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम करता है तो उन्हें प्रसन्नता होती है युवाओं को पूरी मेहनत और सच्चे लगन से काम करना चाहिए सफलता जरूर हाथ लगती है उन्होंने मानसी और सऊद शहाब को उनके इस अचीवमेंट के लिए बधाई दी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शहर का या हमारे प्रदेश का टैलेंट अगर बड़े लेवल पर नाम कर रहा है तो वो हमारे लिए भी गर्व की बात होती है हमारे शहर के लिए भी गर्व की बात होती है और हमें आ, उनकी इस सफलता को कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड करना चाहिए तो ऐसा मुश्किल से हो रहा है मुझे लगता है सम्मानों की बहुत ज़रूरत है दूसरों के लिए दिल में सम्मान होना चाहिए और सम्मान करना भी चाहिए तो मैंने इसलिए इन लोगों को बुलाया सम्मान करने वाला तो खैर मैं बहुत छोटा आदमी हूँ सम्मान तो नहीं करूँगा लेकिन ये ताकि कि हाँ कि कुछ मोमेंटो इनको दिया जाए इनकी सफलता पर खुश हुआ जाए ताकि ये लोग आगे और ज़िम्मेदारी से काम करें और आगे बढ़ें अच्छा काम करें मध्य प्रदेश क्या भाई हम हर देखिए जो साउथ के लोग हैं जो वो अपने इस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा उनका लगाव रहता है सबका जिसका भी देखो बांग्ला देखो तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में हम सब मिक्स हैं लेकिन हमें ये बस मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ का टैलेंट अगर कुछ कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको एक छोटी सी कोशिश करना चाहिए बस यही कर रहा हूँ बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी नया टैलेंट है जो भी करना चाहता है वो करें लेकिन दिल से करें और उसमें मेहनत करें मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता और मेहनत भी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए ईमानदारी से मेहनत होनी चाहिए जब ईमानदारी से करेंगे तो सफलता मिलेगी वाथियाज वर्ल्ड ऑफ ऑपरचुनिटीज ऑफ इंस्पिशन ग्रुप एवरीज प्रोवाइडिंग देश मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज दू ब डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन